हेलो गाइस माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य अभ्रक भस्म के बारे में जिया दोस्तों आज इस अभ्रक भस्म के लगभग 40 फायदे में इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल My Smart Health Support को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद पास पर जो बेल आइकोन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये अभ्रक बस में चाहिए या आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा और ये आपके घर तक आपको बाइक ओर पहुँचा भी दूँगा दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में जो आपने बेल आइकोन दबाया इसके बाद दोस्तों आप ओल नोटिफिकेशन को सेव ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप उसे नहीं करोगे तो दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है आप लोग चेक कर लीजिए कि कि आपने नोटिफिकेशन को सेव किया किया है है। है। है या नहीं किया है। तो दोस्तों दोस्तों सबसे पहले हम इसके इसके इसके इसके इसके ऊपर ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं क्या-क्या लिखा लिखा हुआ हुआ में में मैं डिटेल आपको जो लगभग 40 से 45 इसमें बताने वाला हूं। लिखी हुई दोस्तों इसमें डोजेस में लिखा हुआ है 125 से 375 सेवेंटी फाइव एम जी विथ हनी और एस डायरेक्टेड बाई द फिजिशियन दोस्तों इसका मतलब यह है कि मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ कि इसमें एक जो डोज है वो तो इसमें मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि कितना है लेकिन इसको जो भसमें है उनको अकेला कभी भी नहीं लिया जाता है इनको प्रॉपर डोजेस के साथ में ही लिया जाता है मतलब आपकी क्या बीमारी है किस बीमारी के लिए आप इसको लेना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको लिया जाता है इसको अकेले नहीं लेना है आपको मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ऑन उनको पर्सनल कंसल्टीसी प्रोवाइड कराऊंगा और आपकी बीमारी के अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसको कितना लेना है कितनी मात्रा में लेना है सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा दोस्तों यहाँ पे यूज इंडिकेशन में लिखा हुआ है यूजफुल इन पाण्डु और रक्तपित ठीक है ये पाण्डु और रक्तपित में काम आता है हालाँकि मैं इसके सारे फायदे आपको बताऊँगा ठीक है इसमें लगभग 40 फायदे बताने वाला हूँ तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा इसमें सावधानी लिखी है दोस्तों चिकित्सीय निरीक्षण में ही प्रयोग करें टू बी टेकर अंडर मेडिकल सुपरविजन ठीक है जैसा मैंने आपको बताया कि इसको अकेले नहीं लिया जाता इसको आपको मार्गदर्शन में ही लेना है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप मुझे व्हाट्सअप जब करेंगे तो आपकी बीमारी के अनुसार आपको कितनी मात्रा में लेना है कौन सी दवाई के साथ में लेना है सारी चीज जो है मैं आपको क्लियर बता दूँगा दोस्तों ये जो है आप इसमें देख रहे हैं ये गुलाबी कलर की ये भस्म है ये जो अभरत भस्म है ये गुलाबी कलर की होती है डार्क गुलाबी ठीक है ये आप जो देख पा रहे हैं ये अभरत भस्म है अभी दोस्तों ये पाँच ग्राम का पैकिंग आता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है ठीक है ये कोई सप्लीमेंट नहीं है ये दवाई है दोस्तों पीछे की साइड इसमें जो लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ है अभरत भस्म और ये उन्नीस की आती है इसकी काफ़ी कम कीमत है केवल उन्नीस इसकी कीमत है और ये पाँच ग्राम की होती है दोस्तों आइए जान लेते हैं हम इसके पूरे फायदे के बारे में और अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मैं कमेंट का दो से तीन घंटे में आपको जरूर से जरूर जो है आंसर दूंगा दोस्तों अभ्रक भस्म जो है ये टीबी खून की कमी को पूरा करती है जी दोस्तों ये खून की कमी जिसको बोलते हैं एनीमिया ठीक है जिन लोगों को खून की कमी है एनीमिया की शिकायत है ऐसे लोगों के लिए अभ्रक भस्म रामबन औषधि का काम करेगी अगर आपको पीलिया हो गया दोस्तों तो पीलिया के लिए अभ्रक भस्म बहुत ही अच्छी फायदेमंद साबित होती है अगर आपको चमड़ी का कोई भी रोग है तो ऐसे रोगों में भी आप अभ्रकस्म का सेवन कर सकते हैं दोस्तों टीबी के लिए बहुत अच्छी रामबन औषधि होती है अगर आपको टीबी हो गई है ठीक है यानी आपको अगर ट्यूबुलर क्रोनोसिस की अगर प्रॉब्लम है तो उसी में भी आप इसको जो है ले सकते हैं अस्थमा यानि दमा अस्थमा के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी रामबन औषधि जिन लोगों को दम चलता है वो लोग इसको ले सकते हैं दोस्तों लगभग ये सभी श्वास की जितनी भी बीमारियां हैं तो श्वास की सभी बीमारियों में ये आपको बहुत अच्छा फायदा करेगी दोस्तों जिन लोगों को दिमाग की कमजोरी है जिन लोगों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है या दिमाग की कमजोरी है ऐसे लोग अगर अभरक भस्म का सेवन करेंगे तो आपकी दिमाग की कमजोरी खत्म हो जाती है दिमाग की थकान को दूर करने में भी अभरक भस्म का बहुत ही अच्छा रोल होता है दोस्तों जो शारीरिक थकान होती है उसे भी अभरक भस्म बहुत अच्छे से दूर करती है जिन लोगों के शरीर में धातु की कमी है तो धातु की कमी को भी दोस्तों ये अभ्रक भस्म बहुत अच्छे से पूरा करेगी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में धातु की वृद्धि हो गई देखो एक धातु कि मैंने आपको कमी बताया। दूसरा अगर धातु की हो गई है, तो धातु की असर करेगी अभर रामव न औषधि है या फिर बार बार जिनको बुखार आता है बुखार जा नहीं रहा है बुखार से संबंधित अगर कोई भी समस्या है चाहे वायरल फीवर हो या फिर नॉर्मल फीवर हो ठीक है दोनों टाइप के बुखार में आपको ये बहुत अच्छे से काम आएगी दोस्तों पेट में अगर आपको कीड़े हो गए हैं पेट के की कीड़े के लिए दोस्तों अभ्रक भस्मक का अगर आप सेवन करोगे तो आपको पेट के की कीड़े में दोस्तों बहुत अच्छी जो है ये लाभ करती है दोस्तों जिन लोगों को प्रमय की शिकायत है प्रमय की अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रमय में दोस्तों ये काफी आपको फायदा करेगी मंदाग्नि के लिए दोस्तों ये राम औषधि अगर आपको मंदाग्नि की प्रॉब्लम है तो उसमें आप अभ्रक भस्मक का सेवन कर सकते हैं संग्रहणी के लिए दोस्तों बहुत अच्छी दवाई है अगर आपको दस्त आव संग्रहणी पेची शकर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में अगर आप अभ्रक भस्म का सेवन करोगे तो उसके लिए इसमें आपको ये बहुत अच्छा लाभ करेगी दोस्तों अगर आपको साधारण ज्वर भी है मतलब देखो एक मैंने आपको पुराना बुखार बताया था एक मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वाला बुखार बता रहा हूँ साधारण ज्वर उसमें भी अभरत भस्म आपको बहुत अच्छे से काम आएगी अगर आपको दिल या दिल से संबंधित कोई भी बीमारी भी किसी भी प्रकार का हृदय रोग है तो हृदय रोगों के लिए ये रामबाण औषधि के रूप में आप काम कर सकते हैं जो लड़के और जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियाँ भी इसका अवरत का सेवन करेंगे तो आपका वज़न जो है बढ़ने लगेगा जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को या फिर जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को सेक्स की इच्छा नहीं होती है सम्भोग की इच्छा नहीं होती है काम शक्ति की कमी है ठीक है तो ऐसे लड़के लड़कियाँ ऐसे आदमी औरत अगर अब्रक भस्म का प्रॉपर डोज के साथ सेवन करते हैं तो आपको सेक्स की इच्छा होने लगती है और आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है ये आपके लीवर की रक्षा करती है दोस्तों जो अभ्रक भस्म है ये आपके लीवर की रक्षा करती है लीवर के लिए बहुत ही अच्छी रामबन औषधि है दोस्तों लीवर के लगभग लगभग सभी बीमारियों को ये खत्म करने की क्षमता रखती है दोस्तों ये सभी धातुओं की पुष्टि करती है आपके शरीर में जितनी भी धातु है उसकी पुष्टि करती है जिन महिलाओं को बांझपन है मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं ऐसी महिलाएं अगर इसका सेवन करेगी तो आपको बच्चे हो जाएंगे हालांकि मैं जो प्रेग्नेंसी रिलेटेड जो आपको दवाई देता हूँ उसके अंदर ये अभ्रक भस्म का जो है मिक्सचर जरूर करता हूँ ये आपको जरूर देता हूँ हुं. जिन पुरुषों को सकता है, मतलब जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिन को जिन का लिंग खड़ा नहीं होता है लिंग में तनाव नहीं आता है लिंग में मोटापन कम है मतलब इरेक्टाइल डिफंशन है ठीक है जिन पुरुषों को लिंग में तनाव नहीं आ रहा है तो ऐसे पुरुष ये अभ्रत भस्म का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं पेट के की कीड़े के लिए दोस्तों ये रामबण औषधि है अगर आपको धात जाती है दोस्तों तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों किडनी के सभी रोगों के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी जो है रामबण औषधि है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ तक कि एलोपेसिया में भी इसका उपयोग किया जाता है हालांकि मैं जो मेजिकल हेयर ऑयल बना के देता हूँ आपको उस मेजिकल हेयर ऑयल में भी अभ्रक भस्म का मिक्सचर जरूर करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रकार की स्किन डिजीज में काम आता है जैसे आपको अगर एग्जीमा हो गया है सोराइसिस हो गया है दरा दात खुजली हो गई सभी प्रकार की स्किन डिजीज में आपको ये काम आएगा दोस्तों ये अजू स्पर्मिया की जो शिकायत होती है अजू स्पर्मिया में भी बहुत अच्छा ये लाभ करता है मतलब जिन लोगों को नील शुक्राणु या फिर अजू स्पर्मिया है या फिर शुक्राणु की कमी है ऐसे अगर पुरुष इसका सेवन करेंगे तो वो बहुत जल्दी उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी वो बाप बन पाएंगे जिन पुरुषों को और जिन महिलाओं को यौन दुर्बलता है तो यौन दुर्बलता में भी अभ्रज भस्मों का आप सेवन कर सकते हैं पुष्ट रोगों के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी रामबान और निरापद औषधि है दोस्तों ये आपके शरीर से विषैले तत्वों को निकाल के आपके शरीर को टॉक्सिफाई कर देती है डिटॉक्सीफाई कर देती है है ना मतलब डिटोक्सीफिकेशन के लिए बहुत अच्छी जो है ये दवाई है अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या मिर्गी की समस्या है तो ऐसे में आप इसका उपयोग जरूर कीजिएगा जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को याददाश्त की कमजोरी है या जिन बच्चों को याददाश्त की कमजोरी है ठीक है जो मेमोरी पावर है अगर उसको आपको बढ़ाना है मेमोरी पावर की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप अभरत भस्म का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों दिल की कमजोरी या दिल से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो ऐसे में इसका उपयोग आप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में लगभग आपको चालीस से पैंतालीस फ़ायदे इस अभ्रक भस्म के बता दिए हैं अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कुछ पूछना हो ठीक है या आपको कोई भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए आपकी बीमारी को लेके तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको बाय कोरियर आपके घर तक या अभ्रक बस में भी पहुंचा दूंगा और आपको आपकी जो भी बीमारी है उसके अनुसार आपको बता भी दूंगा कि इसको आपको कितनी मात्रा में लेना है कैसे लेना है ठीक है और इसको आपको किस दवाई के साथ में लेना है ठीक है इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन भी रखने पड़ते हैं और दोस्तों ये जो है इसके ऊपर डोजेस लिखा हुआ जरूर है लेकिन दोस्तों इसको आपको अपने मन से नहीं लेना है क्योंकि भस्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है इसलिए दोस्तों इसको आपकी जो दवाई की बनेगी आपकी बीमारी के अनुसार उसके मिक्सचर के साथ में ही इसको लिया जाता है तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं देखिए अभी तक मैंने बताया है पतंजलि अभरत भस्म के फायदे ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या सावधानी रखनी है कौशन क्या रखना है ठीक है सावधानी में दोस्तों आपको इतना रखना है कि ये जो अभृत भस्म है ये प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेना है जो महिलाएं गर्भवती हैं गर्भवती महिलाओं को अभृत भस्म नहीं लेना है जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है उन महिलाओं को इसको नहीं लेना है जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उनको भी इसको नहीं लेना है ये कुछ सावधानी मैं इसमें बता रहा हूं। हालांकि देखिए आपकी सबकी बीमारी अलग अलग होती है तो उसके अनुसार दोस्तों अलग अलग आपको सावधानी इसमें रखनी होती है तो जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या जब आप मेरी कंसल्टेंसी लेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको ये इसमें क्या सावधानी रखनी इसको कैसे लेना है किस प्रकार से आपको इसको लेना है कितनी बार लेना है सारी डिटेल जो है मैं आपको दूँगा दोस्तों अगर आपको ये चाहिए या आप मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या इसका प्रॉपर डोसेज आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाय कोरियर आपके घर तक ये जो अभ बस में ये आपको पहुंचा दूंगा और आपको ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा या बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और अपने व्हाट्सअप और फेसबुक के स्टेटस पर एक दिन के लिए दोस्तों इस वीडियो को लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अफरक बसमत के फायदे पहुँचाए जा सके और आप भी एक समाज सेवा के कल्याण के काम में एक भागीदार हो सके दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिल सके बेल आइकॉन दबाने के बाद में दोस्तों ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव जरूर कर लीजिएगा और आप लोग चेक कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है कि आपने ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो कर लीजिए अगर करोगे तभी आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों हर बार की तरह हमारी वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव करने के लिए हमारे वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हमारे वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम